नमस्कार भाई बहनों राजस्थान एन न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ देख लीजिए राजस्थान सरकार ने संविदा एन जीएनएम के मानदेय में की दोगुनी बढ़ोतरी आधिकारिक पत्र हुआ जारी ये देख लीजिए 27 नवंबर 2021 को जारी हुआ है ये आधिकारिक पत्र इसमें राजस्थान सरकार ने संविदा प्रकार एन एम जी एनम के जो है मानदेय में दोगुनी की बढ़ोतरी की हुई है तो देख लीजिए क्या है इस आधिकारिक लेटर में क्या लिखा हुआ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर बगल वाली घंटी दबाए जिसमें आपको तीन घंटी मिलेगी उसमें से आपको आल वाली घंटी दबानी है जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है देख लेते हैं क्या कुछ है इस वीडियो में नमस्कार भाइयों बहनों चलिए देख लेते हैं ये राजस्थान सरकार की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ग्रुप दो जयपुर दिनांक 27 ग्यारह 2021 को ये पत्र जारी किया गया है ये 27 ग्यारह 2021 को जारी किया गया सभी जिला अधिकारी जिला कलेक्टर राजस्थान विषय क्या है कोविड स्वास्थ्य के सहायक के मानदेय के संबंध में इसमें देखो क्या कुछ है महोदय प्रोक्त विशेना अंतर्गत प्रदेश में कोविड 19 के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने या कोविड से संक्रमित मरीजों को समुचित उपचार चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराने तथा मृत्यु दर को न्यूनतम किए जाने हेतु प्रदेश में संचालित घर घर सर्वे एवं दवाई वितरण के कार्य को गत प्रदान करने के दृष्टि कोविड स्वास्थ्य सहायक तो यहाँ पर जो राजस्थान में है कोविड स्वास्थ्य सहायक किसको कहा जाता है कोविड स्वास्थ्य सहायक एन एम का प्रदेश के सभी जिला व स्तर ग्राम पंचायत स्तर पर मनोनयन किया गया था इनका मानदेय जो था क्रमशः सात हज़ार नौ सौ व छ हजार नौ सौ रुपये मासिक रखा गया था इस संदर्भ में प्रदेश सरकार के आदेश अनुरूप उक्त मानदेय को बढ़ाकर कोविड स्वास्थ्य सहायक जी जी का जो मानदेय पहले था 7900 से वो किया गया 26500 वो कोविड स्वास्थ्य सहायक एन का जो पहले था 6900 से 8500 मासिक किया जाता है उक्त मानदेय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत व प्रारूप नियमों के अनुसार दे होगा उक्त स्वीकृत वित्त विभाग की आईडी क्रम संख्या दस 24 पाँच दिनांक 27 ग्यारह दो के की प्राप्त सहमति के अनुसार में जारी की जाती भवदी शासन सचिव की तरफ से जारी किया गया निम्नलिखित प्रतलिप सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई माननीय मुख्य सच महोदय प्रमुख सचिव विशिष्ट सहायक माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री वरिष्ठ उप सचिव माननीय मुख्य सचिव महोदय ये देखे सबको ये पत्र प्रतलप भेजी गई है तो बहुत ही बड़ी खबर है खासकर जो संविदा पर एनम और जीनम भाई ने इनका जो मानदेय है लगभग दोगुना राजस्थान सरकार ने कर दिया है क्योंकि इन्होंने जो है कोविड में घर घर सर्वे कोविड संक्रमण तोड़ने या संक्रमित चैन को तोड़ने को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इनके मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी की है तो देखते रहिए आप लोग देखिए भाई बहनों अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि सबको पता हो जाए और उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने यहाँ संविदा पर एन एनएम या जी के मानदेय में बढ़ोत्तरी करे तो वीडियो को पसंद हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद